नमस्कार मैं आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत व हार्दिक अभिनंदन करता हूं दिनांक 19 फरवरी दिन बुधवार के दैनिक राशिफल के इस कार्यक्रम में देशे ग्रामे ग्रहे युद्ध सेवाया व्यवहार के नाम राशि प्रधानत्व जन्म राशि न चिंतित विवाहे सर्व मांगल्य यात्राया ग्रह गोचर जन्म राशि प्रधानमंत्री नाम राशि ना चिंता तो हमारा शास्त्र भी कहता है कि आप लोग जन्म राशि की प्रधानता दीजिए नाम राशि की चिंता भी मत करिए विक्रम संबंध दो हजार छिहत्तर तक संबत्त उन्नीस फाल्गुन मास चल रहा है सूर्योदय होगा प्रातः छः बजकर तैंतालीस मिनट पर सूर्यास्त होगा शाम को पाँच पर अब आप पूछेंगे कि ये पंचांग कहाँ को मानक मान करके बनाया गया है तो दर्शकों लखनऊ क्षेत्र को मानक मान करके ये पंचांग बनाया गया है आज जो तिथि रहेगी कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि रहेगी दोपहर तीन बजकर दो मिनट तक की इसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी एकादशी को चावल और द्वादशी को मसूर का सेवन नहीं करना चाहिए ब्रह्मा वैवर्ष पुराण में स्पष्ट रूप से इसकी मनाही है वही पूर्वासाढ़ा नक्षत्र रहेगा बालो और कौलो करण के साथ आज ब्रज और सिद्धि योग का जो है समागम रहेगा आज का जो दर्शकों शुभ समय रहेगा आप लोग प्रयास करेगा कि किसी कार्यों को करना होगा तो दोपहर में दो बजे से लेकर के साढ़े तीन बजे के मध्य कर लीजिएगा साथ ही साथ आज का अशुभ समय जो राहु काल होता है ये रहेगा बारह बजकर बीस मिनट से लेकर के एक बजकर चौवालीस मिनट तक की चंद्रदेव जो चलायमान रहेंगे ये सैजिटेरियस जी हाँ धनुराशि में चलायमान रहेंगे और सूर्यदेव एक्वायर्स अर्थात कुंभ राशि में चलायमान रहेंगे दिशा सूल की बात करें तो बुधवार को उत्तर दिशा की ओर दिशा होता है उत्तर दिशा की ओर यात्रा करने से बचना चाहिए लेकिन यदि किन्हीं कारणवश आपको यात्राएं करनी पड़ जाए तो कोशिश कीजिएगा का सेवन कर सकते हैं सफेद तिल का सेवन आज आप लोग कर सकते हैं साथ ही साथ ही दर्शकों आप लोग इलायची का सेवन का सेवन पिस्ते का करके यात्राओं पर निकल सकते हैं उत्तर दिशा की ओर पहले ना जाकर के दिशा की ओर चार पक चलिएगा तद उपरांत उत्तर दिशा की ओर यदि आप जाएंगे तो निश्चित रूप से आपकी यात्राएं सफल होंगी तो पंचांग के बाद अब हम बढ़ते हैं अपनी राशि की ओर और, और हमारी पहली राशि आती है लेकिन दर्शकों अट्ठाईस और उन्तीस मार्च को हमारा मुंबई आगमन हो रहा है आप तमाम दर्शकों की बहुत क्वेरी थी कि पंडित जी आप मुंबई नहीं आते हैं तो इस बार हमने मुंबई का प्रोग्राम लगा लिया है जो भी दर्शक मुंबई इसके आसपास के क्षेत्र से हैं आप लोग आ करके मिल सकते हैं मेष राशि के जातकों आज आपका मन काफी आनंदित रहेगा हर्षित रहेगा भाग्य का आज आपको भरपूर सहयोग मिलेगा जो लोग बिजनेसमैन कपड़े से रिलेटेड जुड़े हुए हैं कपड़ों से रिलेटेड बिजनेस का काम करते हैं आज उनको उम्मीद से ज़्यादा लाभ देखने को मिल सकता है लवमेट के साथ आज का दिन काफ़ी अच्छा रहने वाला है जो लोग जो छात्र आज फैशन से संबंधित पढ़ाई कर रहे टेक्निकल चीजों से रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें किसी बड़ी संस्थान में दाखिला मिल सकता है भाग्य का आज, आज आपको अचानक से सहयोग मिलेगा लंबे समय से चली आ रही स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का आज अंत होगा आज, आज आपको कुछ धार्मिक कार्य करने का मौका मिल सकता है आज के दिन उप है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज गणपति भगवान को आपको लड्डू चढ़ाना रहेगा साथ ही साथ ओम गंगा गणपत न महामंत्र का एक बार जाप करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा ब्राउन और शुभ अंक आपके लिए रहेगा रहेगा ये, रहे ये रहे एक अगली राशि राशि राशि आती है हमारी वृषभ वृषभ के के जातकों आज दिन आप चिंता मुक्त रहेंगे खास करके जो वृषभ राशि के जातक कॉस्मेटिक चीजों से रिलेटेड कपड़ों से रिलेटेड लोहे से रिलेटेड आ, और इसके बाद मेडिकल इक्विपमेंट से रिलेटेड जो है करते हैं उनके लिए आज बिजनेस विस्तार का दिन है जो लोग एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड भी सरकारी नौकरी कर रहे हैं उनको आज कुछ प्रमोशन इत्यादि मिल सकती है साथ ही साथ आज आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिलेगा जो लोग सरकारी नौकरी में हैं, उन्हें सैलरी में बोनस इत्यादि मिल सकता है आर्थिक लाभ होने की आज ज़्यादा संभावना रहेगी आज अपने बिजनेस में आपको तेजी देखने को मिलेगी साथ ही साथ आपकी सभी परेशानियों का अंत होगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज गणपति भगवान को यज्ञोपवी जिसको जनेो बोलते हैं ये आपको चढ़ाना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा वाइट शुभ अंक आपके लिए रहेगा तीन मिथुन राशि के जातकों बुधवार का दिन आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है कार्य क्षेत्र में आज आपको थोड़ी सी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है और जो मिथुन राशि के जातक बिजनेसमैन हैं इनको आर्थिक बाधाओं का सामना तो करना पड़ेगा लेकिन इनके मित्र लोग आज इनको इस बाधाओं से दूर निकाल ले जाएंगे आपकी आपका पैसा आपका धन किसी बड़ी डील में फंस सकता है इसलिए बड़ी डील में पैसा लगाने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति की राय लेना आपके लिए ठीक रहेगा साथ ही साथ शिक्षकों को आज पदोन्नति का भी योग है जो लोग वाहन खरीदना चाह रहे हैं आज का दिन उनके लिए उत्तम रहेगा आज नए वाहन क्रय करने का योग बन रहा है कोई नए भूमि क्रय करने का योग बन रहा है रिश्तों में मिठा, मिठास आएगी जरूरतमंदों को आज पका हुआ मीठा भोजन आप लोग कराइए साथ ही साथ आज के दिन दोनों हथेलियों के दर्शन करके आपको तब घर से निकलना रहेगा जब भी सुबह आप लोग उठते हैं नियम मान दीजिए दोनों हथेलियों के दर्शन करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक छः कर्क राशि के जातकों आज थोड़ी सी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है लेकिन आज, आज आपका बिगड़ा हुआ काम बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है साथ ही साथ युवाओं के लिए आज सफलता का दिन रहेगा विवाहित लोगों को दांपत्य जीवन का सुख प्राप्त होगा और जो अविवाहित लोग हैं इनके जो है घर में कोई विवाह का प्रस्ताव आ सकता है और आज लव मिट के साथ आपका अच्छा समय बीतेगा किसी नए प्रेम संबंध की आज, आज आपके जीवन में शुरुआत हो सकती है स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी बदलते मौसम का ध्यान आज आपको रखने के सितारे सलाह दे रहे हैं अन्यथा जुकाम वगैरह खांसी वगैरह आपको आ सकती है उपाय के तौर पर आज करना क्या गा गणपति एथरसिड्स का आज आपको पाठ करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा यह रहेगा आज पीला और शुभ अंक आपके लिए रहेगा यह रहेगा अंक छे अगली राशि आती है हमारी लियो अर्थात सिंह राशि सिंह राशि के जातकों आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है आज आप अपने सोचे हुए कामों को जल्दी पूरा कर लेंगे जो लोग उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए आज का दिन काफी अच्छा रहेगा लोहे से संबंधित जो लोग बिजनेस करते हैं उनका विस्तार होता हुआ दिख रहा है जो स्त्री जॉब करती हैं आज आप काम समय रहते ही खत्म कर लेंगी आपको ऑफिस में कोई प्रमोशन मिल सकता है उच्चाधिकारी आज आपकी तारीफ करेंगे हाँ एक चीज़ की सलाह देंगे कि वाड़ी पर जहाँ तक हो वहाँ तक की आपको संयम बरत करके बोलने के सितारे सलाह दे रहे हैं माता पिता के साथ किसी धार्मिक कि स्थल में जाने का आज आप लोग प्लान बना सकते हैं किसी के बीच में बोलने से आज, आज आपको बचना चाहिए दो लोग जैसे बात कर रहे हैं तो उनके बीच में आप लोग टोका टोकी मत करिएगा कुल मिलाकर के धन प्राप्ति होगी उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो ओम गंगा गणपत नाम का एक बार जाप करिए साथ ही साथ आज गणपति भगवान के जो है मंदिर में जा करके बेसन से बनी हुई कोई मिष्ठान अर्पित करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा रेड और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक पांच अगली राशि पर बढ़ते हैं। हमारी अगली राशि आती आती है कन्या राशि कन्या राशि राश के जातकों आज आपका दिन खुशियों से भरा रहेगा खास करके जो लोग राजनीति में हैं उन्हें कोई बहुत बड़ा पद मिल सकता है लोगों के बीच आज आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी छोटे स्तर पर जो लोग व्यापार करने वाले लोग हैं उन्हें उम्मीद से अधिक धन प्राप्त होगा लवमेट के साथ आज रिश्तों में मिठास आएगी पार्टनर के साथ आज कहीं पर आप लोग बाहर घूमने फिरने जा सकते हैं प्रॉपर्टी सेक्टर में आज ग्रोथ होगी जो लोग प्रॉपर्टी सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं उसमें पैसा लगाना चाहते हैं आज आप लोग लगा सकते हैं उपाय के तौर पर आज आपको करना क्या रहेगा तो गणेश चालीसा आपको पाठ करना रहेगा साथ साथ ही साथ आज रहने वाला है अगर लंबे समय से किसी बात को लेकर आर्थिक उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है मन को शांति मिलेगी जुड़े लेन देन करने से बचने के सितारे सलाह दे रहे हैं किसी को बिना सोचे समझे आज आपको पैसा उधार देने से बचना होगा खास करके स्टूडेंट्स को जो है स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन काफ़ी अच्छा रहने वाला है देखिए पढ़ाई में मन तो लगेगा लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आज अपने नोट्स वगैरह बचा करके रखिएगा अन्यथा चोरी का भय है आज आप लोगों को अपने गुरु का आशीर्वाद लेने की सितारे सलाह दे रहे हैं तो गुरु के पैर छू कर के आशीर्वाद लीजिए और भगवान गणेश जी को आज एक मीठा मान अर्पित करिए तुला राशि के जात को निश्चित रूप से आपके जीवन में गणेश जी मिठास बोलेंगे शुभ कलर आपके लिए रहेगा व्हाइट शुभ अंक रहेगा नौ स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के जात बुधवार का दिन क्या कुछ नवीनता लेकर के आया है तो आज आपका दिन बहुत अच्छा रहने वाला है खास करके जो वृश्चिक राशि के जातक हैं और Uh, क्या कहते हैं कला के क्षेत्र में काम करते हैं फिल्म के क्षेत्र में काम करते हैं उन्हें कोई नई उपलब्धियाँ प्राप्त हो सकती हैं आज आपके रुके हुए काम पूरे होंगे विवाह योग्य पुरुषों के लिए आज कोई अच्छा रिश्ता आ सकता है जो लोग प्राइवेट जॉब कर रहे हैं उनको उच्चाधिकारियों से तारीफ मिलेगी और नौकरी में प्रमोशन भी आज मिल सकता है आज बच्चों के साथ शाम को कहीं घूमने फिरने का प्लान आप लोग बना सकते हैं उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो गणपति अथरू सीट्स का आज आप लोग पाठ करिएगा जिससे आपके कार्यक्षेत्र में जो निराशा है वो दूर होगी शुभ कलर के के के लिए रहे ये रहे के लिए रहेगा रहेगा रहेगा रहेगा कोरल ब्लू और अंक धनु राशि को आज चलने का योग बन रहा है जो लोग वकालत फील्ड से जुड़े हुए हैं आज उनको किसी पुराने केस में सफलता प्राप्त होती हुई दिख रही है कार्य क्षेत्र में आपके आपके जो जूनियर स्टाफ है इनका सहयोग प्राप्त होगा साथ ही साथ जो लोग जमीन खरीदना चाहते हैं उनके लिए आज का दिन फायदे का सौदा जो है साबित होगा आज घर वालों के साथ किसी धार्मिक आयोजन का आप लोग हिस्सा बन सकते हैं साथ ही साथ पिता के स्वास्थ्य को लेकर के मन में थोड़ा सा आज आपको तकलीफ हो सकती है क्योंकि उनके स्वास्थ्य में गिरावट रहेगी सामाजिक कार्य करने का आज आपको मौका मिलेगा आज के दिन उपाय के तौर पर आपको करना क्या रहेगा तो गणेश जी को आज दुर्बा आप लोग अर्पित करिए आ, ओम गंगा गणपत नमः मंत्र गणेश जी के सम्मुख खड़े होकर के एक सौ आठ बार आप लोग पढ़िए चप करिए उसका शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा पीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक दो कैप्रिकॉन मकर राशि के जातकों देखिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है आज जीवन में आपको नए मुकाम प्राप्त होंगे मकर राशि के जो लोग फैशन डिजाइनर हैं जो लोग कला के क्षेत्र में हैं उन्हें आज किसी बड़े पुरस्कार से सम्मानित किया जा सकता है आज आपको किसी बड़ी म्यूजिक कंपनी से जॉब का कोई ऑफर भी मिल सकता है जो लोग संगीत और गायन के क्षेत्र से जुड़े हैं समाज में उन्हें प्रसिद्धि मिलेगी खासकर के जो लोग नया व्यापार भी शुरू करना चाहते हैं आज का दिन उनके लिए बढ़िया रहने वाला है सफलता प्राप्त होगी और आज का दिन वाहन लेकिन सावधानी पूर्वक चलाने की ओर सितारे इंडिकेट कर रहे हैं अन्यथा आपकी कोई दुर्घटना हो सकती है किसी को पैसा आज मकर राशि के जातकों को उधार नहीं देना अन्यथा आज आपका धन रूप जाएगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो ऋण मोचक गणपति स्रोत का आज आपको पाठ करना रहेगा साथ ही साथ आज कोशिश कीजिएगा ओम बुद्ध बुद्धाय नमा इस मंत्र का एक बार आप लोग जाप करके तब घर से बाहर निकलिएगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा लाइट ग्रीन और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक सात एक्वायर्स कुंभ राशि के जातकों आज का दिन सुनहरा रहने वाला है आज पूरे दिन प्रसन्नता बनी रहेगी खास करके जो कुंभ राशि के जातक हैं सरकारी नौकरी करते हैं ऑफिस में आज सहयोगियों की मदद प्राप्त होगी जो लोग जमीन से कारोबार से जुड़े हुए हैं उन्हें उ, उन्हें उम्मीद से अधिक धन लाभ होने के आसार बन रहे हैं आज आपको किसी पारिवारिक काम की वजह से दूसरे शहर में जाना पड़ सकता लवमेट के लिए आज का दिन काफ़ी अच्छा रहने वाला है नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो उन्हें आज अच्छी नौकरी मिलने की उम्मीद है आज अनाथालय में कुछ आप लोग अनाज का दान करिए साथ ही साथ आज आप लोग गणेश जी को जो है यज्ञोपवित और दूब अर्पित करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा कोरल ब्लू और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक पाँच अंतिम राशि पर चलते हमारी अंतिम राशि आती है मीन लेकिन चलते चलते दर्शकों आप लोगों को बताना चाहते हैं नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना हुआ बेलाइकन दबाइए और इस रविवार पुनः रात्रि दस से ग्यारह बजे हम लाइव होंगे तो आप लोग हमसे जुड़ करके लाइव बात कर सकते हैं मुंबई में मिल सकते हैं हमसे 28 और 27 और 28 मार्च को मीन राशि की ओर बढ़ते हैं तो मीन राशि के जात को दिन अच्छा रहने वाला यात्राओं का योग बन रहा है जो लोग कला के क्षेत्र से लेखन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आज आपके विचारों का सम्मान होगा आज, आज आपकी लेखने की तारीफ हर जगह होगी जो लोग खास करके जो है सोशल मीडिया पर जुड़े हुए हैं तो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना आज आपके लिए फायदेमंद होगा जो लोग प्रिंट मीडिया से जुड़े हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए हैं इनको कोई प्रमोशंस इत्यादि मिल सकता है साथ ही साथ जो लोग सामाजिक संगठन से भी जुड़े हैं आज उनको समाज में उनका पद और कद और प्रतिष्ठा ये सब बढ़ेगी हर काम में आज आपके पत्नी का सहयोग आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई पड़ेगा साथ ही साथ आज का दिन नए रोजगार की प्राप्ति का दिन रहने वाला है उपाय के तौर पर मीन राशि के जातकों को करना क्या रहेगा तो आज गणेश जी महाराज को एक आपको बीड़ा चढ़ाना है बीड़ा मतलब जानते ही होंगे मीठा पान जिसको बोलते हैं तो ये आप लोग चढ़ाइए साथ ही साथ जब भी आप लोग घर से बाहर निकलिएगा तो सात इलायची पॉकेट में रख करके आज तब आप लोग निकलिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा नेवी ब्लू और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा एक तो कैसा लगा हमारा ये राशिफल हमें कमेंट के माध्यम से अवगत कराइए पुनः आप लोगों को बताना चाहेंगे नए हैं महाराज तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना हुआ बेल आइकन दबाइए दीजिए इजाजत मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार